कैसे हमें कंपनी इस पागल बनाती हैं? कैसे आप म्यूजिक से खाने का टेस्ट चेंज कर सकते हो और क्यों ट्रम के बाल को ऐसे से ऐसे करने में पचास लाख का खर्चा आता है और अगर हम खुद को ही कॉल करेंगे तो क्या होगा भाई वीडियो को एंड तक देखना नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे दुण दुण दुण। आपको लगता होगा की आप जो खाना खाते हो वो ग्रेविटी की वजह ऐसी पेट में जाता है पर अगर आप खाना उल्टा लटक कर भी खाओगे तो वो आपके पेट में ही जाएगा क्यूँकी हमारे मुँह में निवाला जाते ही कई काम करते हैं जो की निवाला को नीचे की तरफ ढकेलते हैं और आप पेट में पहुँचा देते हैं 21, जो लोग एनलॉग यानी उन्हें कितना टाइम बचा है कितना टाइम चला गया और वो टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं इसके बारे में ज्यादा ध्यान रहता है टू वो जो यूज करते हैं। इसके पीछे की वजह तो नहीं पता पर लोग मानते हैं की डिजिटल चीजों को हमारा दिमाग सीरियसली नहीं लेता है 20, आपको आज जो आईफोन मिलता है वो आपको महंगा लगता होगा लेकिन इसी आईफोन को अगर आज ऐसी तीस साल पहले यानी की बनाने का ट्राई किया जाता तो थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर का लग जाता क्यूँकी आईफोन में आज जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इस टाइम पर लिटरली हजार गुना महंगे थे 19, आप जापान में पोकीमोन स्टाइल में वेडिंग कर सकते हो आपकी शादी में सच में पिकाचू और चारिज हाथ जैसे पोकीमोन आएंगे और आपकी पूरी शादी पोकी के थीम आरोप बनी होगी पर वो बात अलग है की इसके लिए आपको काफी ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे 18, आप आने वाले टाइम में अपने म्यूजिक के पसंद की चीज खा पाओगे जी हाँ चीज एक्सपर्ट का कहना है की म्यूजिक चीज का भी टेस्ट चेंज कर सकता है हालांकि इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली लेकिन उनका ऐसा अंदाजा लगाना है और इसलिए वो चीज को म्यूजिक सुनाते हैं वैसे मुझे तो आज पहली बार पता चला कि प्रोफेशनल चीज मेकर्स जैसी भी कोई चीज होती है नंबर सेवेंटीन एक समय में पता चला कि जो लोग जितने ज्यादा फीचर वाला फोन इस्तेमाल करते हैं वो लोग उतने ज्यादा समय बाथरूम में फोन इस्तेमाल करते हुए बिता देते हैं क्यूँकी उनके फोन में नए नए फीचर आते हैं जिसे वो लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं क्या आप भी ऐसा करते हो कमेंट्स में जरूर बताना नंबर सिक्सटीन एक बात बताओ थम्सअप की स्पेलिंग क्या है तो आप थम सब बोलोगे यानी की बी के साथ लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि थम्स अप में बी है ही नहीं और ऐसा नहीं है कि पहले था और अभी निकाल दिया गया बल्कि स्टार्टिंग से कभी थम्स अप में बी था ही नहीं और इसमें मिस्ट्री ये है कि ये बी कहा से आया कई लोग कहते हैं कि ये मंडेला इफेक्ट है यानी कि, कि किसी दूसरे यूनिवर्स में थम्सअप बी है लेकिन यहाँ नहीं और इसमें हम कंफ्यूज हो चुके हैं नंबर फिफ्टीन रेगिस्तान में रेत गाना भी गाती है जी हाँ दरअसल जब वहाँ रेत के बीच ऐसी खास तरीके ऐसी हवा पास होती है तो ये रेत गाने लगती है और इसमें ऐसी जो आवाज आती है उसे ईरी कहा जाता है ये बिल्कुल किसी सुरीली धुन जैसी होती है 14, बंदर भी टकली हो जाते हैं आपको पता होगा हमारे और बंदरों के बीच काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है और इसी में ये एक सिमिलैरिटी है कि बढ़ती उम्र के साथ बंदर भी टकले हो जाते हैं क्योंकि हम इंसानों की तरह ही उनकी बालों की जड़े भी कमजोर हो जाती है नंबर इंडोनेशिया में रहने वाले एक आदमी ने राइस कुकर ऐसी शादी कर ली जिसका नाम था खरुल और शादी करने के चार दिन बाद ही उसने राइस कुकर को तलाक दे दिया था और तलाक करते वक्त इसने ऐसा बहाना दिया था जिसे सुनकर आप हस पड़ोगे उसने कहा था कि मेरी पत्नी यानी राइस कुकर को बस चावल बनाने आते हैं अब पता नहीं इस आदमी ने क्या ही एक्सपेक्टेशन की तरह दिखता है लेकिन विकीपीडिया के नाम आरोप एक एस्ट्रॉइड है, हाँ, है, है। किलोमीटर के डायमी वाला एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम उन्होंने टू सेवन है, थ्री जीरो वन विकीपीडिया रखा है ये स्मूथ और सिल्की बाल तो आपने देखे होंगे और इन्हीं बालों को स्टाइल करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सत्तर डॉलर दिए थे यानी फिफ्टी वन लाख रुपए और आयरनी की बात तो ये है कि इस डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैक्स के रूप में सेवन फिफ्टी डॉलर दिए थे यानी की पचपन हजार डेंटिस्ट के पास हमेशा एक्वेरियम होता है इस चीज को आपने नोटिस किया होगा और ऐसा वो जान कर करते हैं तैरती मछलियों को देखकर स्ट्रेस और एंगजाइटी कम होता है और पेशेंट शांत रहता है डेम्बर नाइन ये ब्राजील का सीरियल किलर सत्तर लोगों को मार चुका है लेकिन उसके बाद भी वो फ्री घूम रहा है इसलिए क्यूँकी ब्राजील में नियम है जिसके है, कोई भी व्यक्ति तीस साल से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता और ये अपनी तीस साल की सजा काट कर अब मस्त बाहर घूम रहा है ऐसी चीजें सुनकर लगता है पूरी दुनिया का लॉ का सिस्टम कितना अप है नंबर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने एनवेल में किसी चीज को डाला उसे ग्लू से पैक कर दिया और उसके बाद आपको याद आया की भाई इसके अंदर तो और एक चीज डालनी थी ऐसे में अगर आप एनवेलप को खोलने की कोशिश करोगे तो फट जाएगा पर मैं आपको एक कमाल का ट्रिक बताता हूँ आपको बस एक घंटे तक उस एनवेल को फ्रिज में रखना है अगर आप ऐसा करोगे Okay, तो एनवेलप का ग्लू अपने आप सूख जाएगा और वो खुल जाएगा और फिर आप अपना बिगड़ा हुआ काम सुधार सकते हो नंबर सेवन इस देश में आप स्कीइंग करते हुए मैकडॉनल्ड खा सकते हो आपने ऐसे नॉर्मल ड्राइव थ्रू वाले मैकडॉनल्ड देखे होंगे लेकिन स्वीडन में यहाँ बर्फ में स्की करना काफी फेमस है इसलिए यहाँ पर लोग स्की करते करते मेक्टोनल्ड ऑर्डर करते हैं और इसे स्वीडेन में ही है नंबर सिक्स के नाखून किसी भी चीज को फाड़ सकते हैं लेकिन उसी के साथ इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं की किसी काउ के स्कल को एक ही बार में कर देंगे क्यूँकी इसकी हड्डी काफी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन उसी के साथ इसके मसल्स में भी बहुत दम होता है। five, आपको पता होगा पर क्या आपको इसका मिडिल हाँ नाम भी है और वो है डॉनल्ड फोनल वर्ड नंबर फोर अब आप मैक्नल्ड प्लेन में भी खा सकते हो जी हाँ मैक्टोनल ने हाल ही में अपना एक आउटलेट एक प्लेन को ही बना दिया है यानी की अब ये प्लेन यूज में नहीं है बट आप इसमें मैकडोनल्ड खा सकते हो नंबर नाम के चा रहते है जब वो फ्लोट करते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखते हैं, ताकि वो पानी के बहाव के साथ बह ना जाए और जब ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटो सामान लेते समय अगर हमें दो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट मिले हैं वो भी सेम प्राइस में तो हम अक्सर वही प्रोडक्ट को लेते हैं जिसका डब्बा ज्यादा बड़ा दिखता हो लेकिन क्या आपको पता है इसे डिको टेक्टिक या चीटिंग भी कहा जाता है क्यूँकी अक्सर डब्बा बड़ा दिखता है वो जरूरी नहीं की डब्बा अंदर ऐसी भी उतना ही बड़ा हो कई सारी ऐसी कंपनी होती है जो ऐसा ही करती है को बड़ा बना देती है लेकिन उसके नीचे की तरफ से खोखला रखते हैं या फिर उसके अंदर ही सामान कम बहते हैं यानी कि ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ दिया जाता है और इसलिए अगर आपको दो प्रोडक्ट सेम भाव में दिख रहे हैं और दोनों में सब कुछ सिमिलर रहता है तो आपको अक्सर उनका ग्राम चेक करना चाहिए और साइज नहीं बल्कि जिसमे ज्यादा ग्राम होता है उसे देख कर लेना चाहिए नंबर वन अगर हम खुद को ही कॉल करेंगे तो क्या होगा सबसे पहले हम आपको बता दे की पॉसिबल ही नहीं है आप अपने आप को कॉल नहीं कर सकते लेकिन अगर फिर भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा खुद को कॉल भी कर लेते तो एक काम ही नहीं करेगा हर हाँ एक कंपनी के हिसाब से आपको डिफरेंट मैसेज देखने को मिल सकता है जैसे कि आपको कॉल बिजी आ सकता है कॉल बंद भी बता सकता है या फिर कह सकता है कि ये नंबर इनवैलिड है या फिर इस वक्त नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है यानी कि आप कुछ भी कर लो लेकिन आप खुद को ही कॉल नहीं लगा सकते जब तक आप आयनमैन लेवल का जुगाड़ न लगा लो और अगर ऐसा कुछ करके आप खुद को कॉल लगा भी लेते हो तो फिर आपकी आवाज आपको गूंजते हुए सुनाई देगी या फिर आपको बहुत ज्यादा शार्प आवाज सुनाई देगी क्यूँकी जो सिग्नल होता है वो आस में क्रैश हो जाएंगे आप के लिए कुछ बोनस फैक्ट क्या आपको पता है कि एक आदमी की जीप इतनी लंबी है जितना कि आपके स्कूल का यह स्केल होता है यहाँ देखो यह है दुनिया की सबसे लंबी जीप और इस जीप की 10.1 सेंटीमीटर है जी हां। और आप यहाँ इसके इमेजेस देख सकते हो और इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और आपको यकीन नहीं होगा की इंडियन रेलवे कुछ ऐसे टिल्डिंग ट्रेन ला रही है दो हजार पच्चीस तक जो की कुछ ऐसे टीढ़ी होंगी और इनको ऐसे टेड़ी इसलिए किया जा रहा है क्यूँकि चलेंगे वो भी बिना किसी पैसेंजर डिस्टरबेंस हुए भाई ये तो आपको पता चल गया पर क्या आपको पता है कि मोदी जी का बिजली का बिल कितना आता है और क्यों आपको ब्रेड पर नमक डालने पर पैसे देने पड़ सकते हैं और क्यों इस देश में अगर कोई आदमी दूसरे देश को सिर्फ देखता भी है तो उसका काम तमाम कर दिया जाता है और क्या ऐसी हड्डियों को चोड़ा जा सकता है भाई ये वीडियो तो एंटरटेनमेंट का पूरा डोस है तो ये जरूर देखना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए पास